प्रिय विद्यार्थियों, वंदे सीक्रेट ऑफ़ सक्सेस इन एग्जाम्स चैप्टर में आपका स्वागत है आज मुझे बात करनी थी लक्ष्य के उपर, के ऊपर, ऊपर, टारगेट कि एक बालक को किस प्रकार से अपना लक्ष्य अपना टारगेट अपना गोल फिक्स करना चाहिए लेकिन कल परसों में मुझे ढेर सारे व्हाट्सअप प्राप्त हुए जिसके अंतर्गत प्रश्न किया गया कि आश्रम के पैटर्न के अनुसार कैसे पढ़ें इसकी थोड़ी सी विस्तृत व्याख्या कीजिए इसलिए मैंने आज चैप्टर दो में सबसे पहले आश्रम के पैटर्न के अनुसार अध्ययन की व्याख्या का निर्णय लिया है बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है आपको आश्रम द्वारा जारी शेड्यूल को लेना है सबसे पहले आप लीजिए आश्रम का शेड्यूल और फिर शेड्यूल के अनुसार पुस्तकें एकत्र कीजिए पुस्तकें एकत्र करने के पश्चात आप उनका अध्ययन आरंभ कीजिए हालांकि मैं आपको बता दूं कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपके लिए अध्ययन बहुत ही सरल हो जाता है सहज हो जाता है किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती इसीलिए सामान्य तौर पर हम चार चीजों के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की बात करते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आप पृथ्वी हमारा आवास कक्षा 6 की एन की किताब पढ़ें, आप राजस्थान भारत और विश्व के नक्शे को भरना सीखें इसके अतिरिक्त आश्रम के बेसिक हिस्ट्री के 150 क्वेश्चंस पढ़ें और प्रतियोगिता दर्पण भारतीय राजव्यवस्था के स्मरणीय तथ्य के नौ पृष्ठों को कंठस्थ करें और कक्षा 9 और 10 एन की इकोनॉमिक्स की किताब का अध्ययन करें इससे आपका एक फ्रेम बनता है अगर यह काम आप पहले कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है लेकिन अगर आपने ये काम नहीं भी किया तो भी आप सीधा आश्रम के शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं यानी शेड्यूल लीजिए पुस्तकें एकत्र कीजिए जो भी शेड्यूल में लिखी हुई है और उस पन्ना नंबर के अनुसार आप पढ़ना शुरू करें और सीधे ही नोट्स बनाना आरंभ कर दें। आपको लग सकता है कि ये बात प्रैक्टिकल नहीं है व्यवहारिक नहीं है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको दिए गए शेड्यूल के अनुसार पढ़ना है और उसके बाद आपको छोटा पेपर देना है और छोटे पेपर में जब परिणाम आएगा तो आपको अपनी रैंक का भी पता लग जाएगा आपको इस बात का प्रयास करना है कि आपकी रैंक लगातार ऊपर बढ़े रैंक अच्छी हो इस बात की कोशिश आपको करनी होगी अब बात आती है कि पढ़ें कैसे देखिए एक देसी बात मैं हमारे विद्यार्थियों से हमेशा करता रहता हूं वो देसी बात ये है कि आपको रोज आठ घंटे पढ़ना है कम से कम आठ घंटे का अध्ययन मैं अनिवार्य मानता हूं आठ घंटे पढ़े दो दो घंटे की कुल चार सेटिंग लगाए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोविड के चलते प्रशासनिक और चिकित्स जो दिशा निर्देश है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर हमें सुरक्षित रहना है तो घर के भीतर रहना होगा तो इस समय आप घर के भीतर रहकर इस समय का सदुपयोग कीजिए क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि वक्त कभी भी नहीं रुकता जिंदगी की रवानी हमेशा चलती रहती है तो आप इस समय का लाभ उठाएं मैंने देखा कि हमारे कुछ पुराने बच्चे जो हैं वो अब अपेक्षाकृत पढ़ाई की ओर कम ध्यान दे रहे हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो पढ़ाई की ओर ज्यादा ध्यान दें तो बात आ रही थी आठ घंटे की कुल चार सिटिंग की यानी दो दो घंटे की आप सेटिंग लगाएं। मुझे लगता है कि आप एक चेयर लें अपने पास एक पानी की बोतल रखें पुस्तकें उठाएं और पढ़ना शुरू कर दें आश्रम के शेड्यूल के अनुसार आपको कहीं दिक्कत आ रही हो आपका ध्यान भटक रहा हो तो आप तुरंत क्या करें कि लिखना शुरू कर दे नोट्स बनाने आपको और मैं आपको यह कह चुका हूं के नोट्स प्रारंभिक अवस्था में बहुत ही विशाल होते हैं धीरे धीरे वे छोटे होते चले जाते हैं जितने नोट आपके छोटे होते चले जाएंगे उतना ही आप सफलता के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे तो नोट्स बनाएं लिख लिखकर याद करें ताकि आप छोटे पेपर में और फिर आश्रम के बड़े पेपर में अधिक से अधिक अंक स्कोर कर दें बिल्कुल चिंता मत करें कि आपको लगे कि मुझे तो याद ही नहीं हो रहा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा अगर आपकी प्रारंभिक अवस्था है मैंने कल भी एक सिक्स राउंड थ्योरी का जिक्र किया था कोई भी बच्चा परीक्षा भवन में तथ्यों का प्रत्यास्मरण तभी कर सकता है सही उत्तर तभी दे सकता है जब ने, जब ने, उसने अमुक बात को बार पढ़ रखा है कम, से कम दो बार लिख रखा है और चार बार पढ़ रखा है तभी आप परीक्षा भवन में उस प्रश्न के उत्तर को रिकॉल कर पाएंगे तो सिक्स राउंड थ्योरी को आपने ध्यान रखना है यानी कि छह बार आपको एक बात को पढ़ना होगा और जब आप शुरू में पढ़ते हैं तो ज्यादा टाइम लगता है फिर धीरे धीरे वो अवधि कम होती चली जाती है तो आइए इस समय का लाभ उठाएं और आश्रम का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा है उसके माध्यम से पुराने विद्यार्थी अपने अध्ययन को सुचारू रखें नए विद्यार्थी उस अध्ययन पद्धति से जुड़ें और अधिकाधिक लाभ उठाएं और आप अपने गोल तक पहुंचे शुभकामनाएं जय हिंद जय भारत